को मैसेज करता है मुंबई से दिल्ली मिलने तू मेरे पास आया था तू तड़पता था मेरे से कॉल करने के लिए तेरे मैनेजर मेरे को व्हाट्सएप पे सर बोल के बात